अस्सी साल शरीरिक कमजोरी ना हो उम्र चाहे सौ साल हो जाए हड्डिया कमजोर नहीं होगी मेरी ऐसी माता बहने भाई जो शारीरिक कमजोरी का शिकार हैं जिनकी कमर कमजोर है और दर्द रहता है खून की कमी है विटामिन डी की कमी है चेहरे पर झाइया हैं ऐसी बहन बेटियाँ जिनके पास नवजात शिशु हैं वो भी जरूर इस्तेमाल करें दूध बहुत उतरेगा आपका बच्चा कुछ ही दिनों में सेहतमंद दिखेगा ऐसे बुजुर्ग जिनके हाथ पैरों में जोड़ों में कमजोरी के कारण दर्द रहता है जरूर एक बार इस्तेमाल करें शारीरिक कमजोरी जल्दी दूर करने के लिए इससे बेहतर दवा मेरी नजर में कोई नहीं है खाने में इतनी स्वादिष्ट कि बच्चे के मुंह में लग जाए तो रो रो मांगते हैं नुस्खा डायरी में नोट कर ले मूसली सफ़ेद दो ग्राम और शहद छोटी मक्खी का 500 ग्राम मुसली असली होना चाहिए शहद छोटी मक्खी का होना चाहिए जो गांव में घरों की छतों पर रखी लकड़ियों में लगा मिल जाएगा बड़ी मक्खी का या बाजार का शहद कोई फायदा नहीं देगा मुसली को पीस ले और किसी डिब्बे में संभाल कर रखें बनाने की विधि आधा लीटर भैंस का दूध ले दूध भैंस का ही होना चाहिए चूल्हे पर चढ़ा दे एक उबाल आने पर चूल्हे से उतारकर दूध ठंडा कर लें। दूध ठंडा होने पर अब एक चम्मच मूसली का पाउडर दूध में डाल दें और किसी चम्मच से अच्छे से मिला दें। अब बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा दें। आँच बिल्कुल धीमी रखें और चलाते रहें, नहीं तो मूसली बर्तन की तली में लग जाएगी दवा खराब होने का डर है आपने ये दवा हल्की आज पर पूरे 20 मिनट पकानी है 20 मिनट बाद यह घारी खीर बन जाएगी चूल्हे से उतारकर ठंडा कर ले और डेढ़ चम्मच शहद डालकर खा ले अगले ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना इस का रोज बनाना है सुबह खाली पेट खाना है या एक टाइम की खुराक है चालीस दिन का कोर्स है इस नुस्खे से संबंधित कोई सवाल आपके मन में तो कर सकते हैं नीचे मेरा नंबर दिया गया उस पर संपर्क करें नाइन